आज हम बताने वाले हैं कि एक सेटिंग करने से कैसे आपका व्यू सब्सक्राइबर वॉच टाइम बढ़ जाएगा 100 परसेंट अब उसके लिए ये आपका वीडियो उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो लोग थोड़ा डेवलपिंग का काम करते हैं और HTML की कोडिंग जानते हैं तो प्लीज़ व्यूअर्स जो आप कंप्यूटर व्यूवर्स हैं वो भी इसको जरूर देखें कुछ सेटिंग ऐसी है जो अंदर से इंटरनली आप जब करते हैं तो आपका वीडियो ज़्यादा रैन करेगा और ज़्यादा लोग इसको देख पाएंगे यूट्यूब पे ना कि सोशल मीडिया पे तो आप जब सोशल मीडिया पे भेजिएगा तब भी वो यूट्यूब में ही खुलेगा ना कि सोशल मीडिया पे वैसे क्या होता है कि वो वहीं पे खुल जाता है और एक्सटर्नल व्यू में आ जाता है तो आपका एक्सटर्नल व्यू बढ़ जाता है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे उसके लिए हम लोग यूट्यूब पे जाएंगे अपना चैनल खोलिए कोई भी कंटेंट खोल कंटेंट खोलिए कोई भी वीडियो खोलिए उस वीडियो के अंदर जाइए न्यू डिटेल में जाइए यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आता है आप और नीचे जब जाइएगा तो मोर व्यू में आपका एक ऑप्शन आता है एम्बेडिंग का ये हमने पहले भी बताया था कैसे अलाउ करें एम्बेडिंग को तो यहाँ पे जब आप क्लिक करिएगा लर्न मोर करिएगा तो यूट्यूब पे आपको एम्बेडिंग के सारे रूल बताएगा ये कई बार हो गया तो जब उसको आप खोलिएगा एम्बैंडिंग रूल को तो उसमें सारे रूल्स को आपको बताएगा तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो थोड़ा प्रोग्रामिंग जानते हैं लेकिन आप भी इसको सेट कर सकते हैं कहाँ सेट कर सकते हैं सिंपल किसी भी वीडियो में गए उसको रन किया वहाँ पे एम्बैंडिंग ऑन कर चुके हैं हम यहाँ डिटेल वाले में अब आप वहाँ पर गए यहाँ पर देखिए हमने वीडियो जानबूझ के आ, म्यूट कर रखा है यहां पे वीडियो में जब आप शेयर करते हैं ध्यान दीजिए जब आप शेयर करते वीडियो को अगर आपको एचटीएमएल नहीं भी आती है तो वो आपके लिए कोड बना देगा आप यहां पे इसको शेयर करिए अब जब आपने शेयर किया तो देखिए आपका ऑप्शन आया जो रोज़ आप करते हैं कि सोशल मीडिया पे करेगा ईमेल पे करेगा और क्रिएट पोस्ट करेगा तो यहाँ पे देखिए आपके पास चैनल का आईडी विद लिंक आ रहा है जिसको यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर एम्बेडिंग ऑप्शन आ रहा है जिसमें आपके आप अपने आप कोड लिख जाता है तो इस कोड को हमने पहले भी बताया था लेकिन इसको वेबसाइट पर सोशल मीडिया पे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ये कोड आपको लिखना नहीं पड़ेगा सिर्फ यहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा तो ये कोड आपके लिए कॉपी हो जाएगा यहाँ पे ये पूछ रहा है कि वीडियो किस टाइम पे स्टार्ट होते देखिए 48 मिनट अपने आप दिखा रहा है तो फोर्टी एट अपने आप दिखा रहा है यहाँ देखिए फोर्टी एट आ रहा है क्यों क्योंकि यहाँ पर इतनी देर वीडियो चल चुका है तो यहाँ पे एम्बेडिंग में जब आप जाइएगा इस्टार्ट पोजिशन क्लिक करिएगा तो इसके अलावा और भी सेटिंग आएगी स्लो प्लेयर कंट्रोल शो प्लेयर कंट्रोल तो प्लेयर कंट्रोल आपका आता ही है और एनेबल प्राइवेसी एनहेंस हुआ अगर इसको कर दीजिएगा तो आपकी प्राइवेसी एनहेंस हो जाएगी और यहाँ पर डेवलपर सैंपल भी है तो यहाँ जाकर के आप डेवलपर में अगर आप डेवलपर हैं तो उनका फ़ायदा है वो लोग अपने को इनरोल कर सकते हैं उनका प्रोफाइल जो होगा वो डेवलप हो जाएगा और एपीआई पी रेफरेंस भी आपको मिल जाएगा आप एपीआई भी सीख पाइएगा अभी हम सिंपल वाला करते हैं यहाँ पे गए कॉपी किया कॉपी करके स्टार्ट पोजीशन को क्लिक कर दिया यहाँ से कॉपी किया और वापस गए फेसबुक पर फेसबुक पे हमने ये देखिए वही कोड यहाँ पर जब अपने पोस्ट में पेस्ट किया तो ये वीडियो का ये लिंक आ गया और इसका कम नीला गया अब यहाँ से जब हम क्लिक करेंगे इसको तो ये देखिए सीधे यूट्यूब पे खुलेगा ये देखिए रीडायरेक्ट हो जाएगा फेसबुक से यूट्यूब पे अभी आपके सामने होगा आप देखिए ये देखिए यूट्यूब पे चला गया तो क्या होगा आपका वीडियो सीधे YouTube पे खुलेगा ना कि Facebook पे और फुल स्क्रीन मोड दे रखा है तो फुल स्क्रीन मोड में वो रन हो जाएगा यहाँ से देखिए सारा कुछ वैसे ही है यहाँ से सेटिंग करना है जो करना है यहाँ से आप कर पाइएगा और वॉच अगर आप वीडियो का साउंड ऑन कर दीजिएगा तो वीडियो रन हो जाएगा तो इस तरह से आपका ये फेसबुक में एम्बेड हो जाएगा यूट्यूब पे रन होने के लिए अब देखिए पहले जो हमने किया था उसमें केवल लिंक दिया था आप लोगों को दिखाने के लिए हमने दोनों तरह का किया है अब जो पहला वाला लिंक करेंगे तो ये देखिए फेसबुक पे ही रन हो जाएगा यू आर गोइंग टू लिंक आउट साइड सेम उसका हमने सेट कर रखा है तो फॉलो लिंक करेंगे आर यू श्योर यू वॉन्ट टू फॉलो दिस लिंक आउट साइड फेसबुक क्योंकि इसमें सेट कर रखा है इसलिए ये भी फेसबुक पे जा रहा है तो हम लोग दूसरा कोई रन करते पहले इसको देख लीजिए तो इस तरह से ये रन क्योंकि हम लोग ने एम्बेडिंग ऑन कर रखा था तो ये यहाँ पे रन हो गया अब हम लोग यहाँ चलते हैं और यहाँ पे सेटिंग जो है आपकी एम्बेडिंग ऑफ करके करते हैं अलाओ एम को हटा देते हैं। अब इसको सेव किया और इसको सेव किया बहुत स्लो है नेटवर्क सेव हो गया अब आप इसको रन करिए जब ये रन होगा और आप इसको शेयर करिएगा बहुत स्लो है नेटवर्क तो फेसबुक पे हम लोग शेयर करते हैं इसको देखिए यहां पे उसने बोल दिया जब आप यहां शेयर करेंगे तो एम्बैडेड नहीं दिया है तो यूजर ऑप्टेड आउट ऑफ प्लेटफॉर्म द एक्शन अटेम्प इज डिसकॉज द यूजर है प्लेटफॉर्म दे देगा तो आपका वो फेसबुक पे रन नहीं होगा क्योंकि हमने एम्बैडिंग फैसेटी नहीं दे रखी है तो इसलिए जब भी वीडियो को आप बनाइए तो यहाँ पर एम्बॉडिंग फैसेटी को ऑन कर दीजिए जो हम आपको समझाना चाह रहे थे वो आपको हमने दिखाया तो यहाँ पे हमेशा अलाओ एम्बेडिंग करिए और इसको सेव कर दीजिए तो जब अलाउ एम्बेडिंग आप करिएगा तो वीडियो जो है आपका फेसबुक पे ही रन होगा ना कि अरे यूट्यूब पे ही रन होगा ना कि फेसबुक पे तो ये फीचर बहुत ज़रूरी है लेकिन इस फीचर को और डिटेल में सर, समझने के लिए हमें यूट्यूब पे जाकर के उसकी और फैसिलिटी को समझना पड़ेगा तो उसके लिए यहाँ पे एम्बेडिंग फीचर्स में जाएंगे हम यहाँ पे देखिए आप टर्न ऑन प्राइवेसी मोड कर सकते हैं प्राइवेसी मोड को ऑन कर सकते हैं यहाँ पे ऑटो प्ले लगा सकते हैं इनक्रिप्टेड मीडिया लगा सकते हैं तो आएगी उसके बाद उसके बाद उसके बाद आप एम्बेड वीडियो प्ले ऑटोमेटिक कर सकते हैं ऑटोमेटिक करने के लिए आपको एम्परसेंट autoplay प्लेक्ल्स टू वन लगाना पड़ेगा तो इससे आपका वीडियो जो होगा ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा अब आपका और फैसलिटी आया कि इसमें आप एम्बेडर वीडियो एट सर्टन टाइम जो हमने वहाँ पर आपको दिखाया था इस्टार्ट सेकेंड इसने 90 सेकेंड दे दिया तो 90 सेकेंड मतलब वन मिनट थर्टी सेकेंड बाद वो स्टार्ट होगा फिर नेक्स्ट आया कैप्शन लगा सकते हैं कैप्शन लगाने के लिए आपको यहाँ पर सी सी लैंग्वेज प्रेफरेंस इक्वल्स टू एफ आर एन परसेंट सी सी लोड पॉलिसी इक्वल्स टू देंगे तो इसमें क्या करेगा एफ आर जो है फ्रेंच लैंग्वेज तो फ्रेंच फ्रेंच लैंग्वेज में आपका सी सी आने लगेगा बाई डिफॉल्ट अब हम चलते हैं लैंग्वेज के कोड देखने तो यहाँ पर जब आप जाते हैं तो ये देखिए हिंदी का आपको मिल जाएगा तो नीचे जाइए आपको हिंदी का कोड मिलेगा ई एफ जी एच ये देखिए हिंदी का एच आई मिल गया तो हिंदी का एच आई जब लगाइएगा तो आपका कोड हिंदी में बाई डिफॉल्ट आने लगेगा तो यहाँ से जाकर आप कोड ढूंढ सकते हैं किसी भी लैंग्वेज का अब अगर आपको एम्बेडिंग नहीं करनी है तो वो अभी आपको हमने करके दिखाई दी थी कि यूट्यूब स्टूडियो में जाइए कंटेंट में जाइए डिटेल में जाइए शो मोर में जाइए और एम्बेडिंग को अनचेक करके सेव कर दी थी तो आपकी एम्बेडिंग बंद हो जाएगी इसी तरह से हम किसी और दिन आपको शेयर क्लिप के रूल्स बताएँगे कि कब आप क्लिक्स ले सकते हैं और कब नहीं ले सकते हैं और क्यों नहीं ले सकते क्यों कॉपीराइट आ जाएगा उस क्लिप को लेने में तो इसके लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसको आपको बता देंगे और आप वीडियो और चैनल तो शेयर करते ही हैं तो अगर जब शेयर करते हैं तो एम्बेडिंग लगा दीजिएगा तो आपका YouTube पे खुलेगा और नहीं लगाइएगा तो YouTube पे नहीं खुलेगा अब यहाँ से जैसे हम लोग गए यूट्यूब चैनल पे स्लो नेटवर्क है यूट्यूब चैनल पर जब आए तो यहां से आपको शेयर ऑप्शन मिलेगा ये आया। आपका यह देखिए आ रहा है अब इसको आपको कॉपी करके आप शेयर करते हो किसी को भी। और यहाँ से आप अपना सब काम करते हैं ये यह देखिये यहाँ सोशल मीडिया पे आप शेयर कर सकते हैं सब जगह ये सब तो आपका वो आ रहा है कि कौन लोग देख रहे हैं ये आ रहा है शेयर करेंगे आप जब कॉपी लिंक करेंगे सेंड टू योर डिवाइस करेंगे क्यू आर कोड ले सकते हैं कास्ट कर सकते हैं सेव पेज कर सकते हैं कहाँ कहाँ भेज सकते हैं ये सारे आपके ऑप्शन दे रहा है तो यहाँ से कॉपी लिंक करके आप क्योंकि ऑलरेडी एम्बेडेड बना रखा है तो ये आपका शेयर हो जाएगा या कस्टमाइज चैनल पे भी जा आप शेयर कर सकते हैं तो इस तरह से हम लोग अपने वीडियो और लिंक को शेयर कर सकते हैं सो दिस इज़ ऑल टूडे व्यूअर इफ़ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन इससे आपका व्यू भी बढ़ेगा और आपका सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा क्योंकि डायरेक्ट लोग चैनल पे जाकर के आपका या youtube पे जाकर के सब्सक्राइब करेंगे और रियल सब्सक्राइबर बढ़ेगा क्योंकि youtube पे जाके सब्सक्राइब करेंगे तो आपका यूनिक व्यू भी बढ़ेगा और आपका youtube का व्यू ज़्यादा बढ़ जाएगा जिससे कि आपको मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हम लोग अपने चैनल के वीडियो को और लिंक को चैनल के लिंक को ऐसी जगह रीडायरेक्ट कर रहे हैं जहां जिससे वो यूट्यूब पे ही खुले। तो थैंक यू दिस इज ऑल टुडे लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रतन अग्रवाल आई टीन फॉलो माई ऑल सोशल मीडिया लिंक जॉइन मई टेलीग्राम चैनल टेक टेकड़ थैंक यू